दोस्तों मैं हैं तो दोनों विश्व विश्व को नमन करते हुए उनके लिए गायों का बेहतरीन गीत कोशिश अच्छा लगे तो प्यारा और न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई मिलन से अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते हमें और जीने की अगर तुम न होते अगर तुम न होते हमें और दीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते